जिम केट को एक दिन के लिए उसी के साथ में टाइम स्पेंड करने के लिए कहता है लेकिन केट को उस दिन ऑफिस में बहुत जरूरी काम था तो वो नहीं रुक सकती थी जिम को काम मिलने पर भी वो कुछ भी काम नहीं करता था और इसीलिए केट उससे नाराज रह करती थी अब कुछ समय के बाद में जिम यूट्यूब पर एलवन वायरस के वीडियो देख रहा था जहाँ पर एक डॉक्टर ये बता रहा था कि एलवन वायरस की शुरुआत सर्दी जुकाम से होती है जो कि लोग इग्नोर कर देते हैं लेकिन ये वायरस खतरनाक तरीके से म्यूटेट हो रहा है जिम बालकनी से दूसरे बिल्डिंग में एक औरत को देखता है।, है मेंट ऑफिस के लिए रेडी होने चली जाती है जिम अपने नेबर लिन के साथ में बातें करता है लिन को भी सर्दी जुकाम हो रहा था लेकिन वो इसे मामूली समझ कर हॉस्पिटल नहीं गया था उसके मुताबिक ये वायरस वाली बात है देश की इकोनॉमी की बात को भटकाने के लिए निकल गई थी कॉफी पीने के लिए पूछता है और वो औरत जब उस आदमी की तरफ मुड़ती है तो नोटिस करता है की उस औरत के दाँत सड़ चुके हैं मुंह पे खून लगा हुआ है और वो औरत उस कस्टमर पर उल्टी कर देती है और गर्म गर्म तेल एक एम्प्लॉय पर डालकर उसके फेस का मास उखाड़ने लगती है जिम उस औरत को रोकने जाता है तो वो औरत उसे मारने के लिए आगे बढ़ती है और तब तक होटल पर मौजूद लोग एक दूसरे को मारने लगे थे उसी समय उस औरत को एक कार कुचल देती है और उस कार का ड्राइवर भी इन्फेक्टेड था जिम ये सब कुछ देखकर अपनी जान बचाकर भागता है और बहुत सारे इन्फेक्टेड लोग जिम के पीछे पड़े थे किसी तरह वो अपने घर में आकर डोर को लॉक कर देता है और वो केट को मैसेज करके इन सब के बारे में बताता है और उसे घर आने के लिए मना करता है क्योंकि वो खुद ही उसके पास में आने वाला है उसी समय लिन वहाँ पर आकर जिम पर अटैक करके उसके कुछ उंगलिया काट डालता है लिन भी अब इन्फेक्टेड हो चुका था और किसी तरीके से वो अपने घर से निकलता है और अपनी कटी हुई उंगलियों पर एक कपड़ा बांध लेता है इन्फेक्टेड लोग उसकी बाइक के पीछे भाग रहे थे और इधर केट एक ट्रेन में थी जहाँ पर एक आदमी उसे हैरेस कर रहा था केट उसे गले देकर उस सीट से उठ जाती है तो वहाँ पर एक दूसरी लड़की मोली आकर बैठती है कुछ समय के बाद में एक इन्फेक्टेड यंग लड़का एक चाकू से ट्रेन के दूसरे लोगों को मारने लगता है और दूसरे कई लोग इन्फेक्टेड होकर और लोगों को मारने लगे थे हेरेसमेंट करने वाला वो आदमी भी इन्फेक्टेड होकर मोली की आंख को एक अम्ब्रेला से फोड़ देता है फिर ट्रेन का डोर खुलते ही बच्चे हुए लोग भागने लगते हैं और केट मोली को लेकर ट्रेन से बाहर निकलती है लेकिन गलती से उसका फोन ट्रेन में रह गया था कैट मोली को पास के एक हॉस्पिटल में ले जाती है और वो इन्फेक्टेड आदमी अभी भी उनका पीछा कर रहा था इधर जिम को रास्ते में हर तरफ इन्फेक्टेड लोग ही मिल रहे थे जो की दूसरे लोगों को टॉर्चर कर रहे थे अब एक जगह पर रुक वो इन्फेक्टेड लोगो को भगाकर टॉर्चर किए हुए आदमी को बचाने की कोशिश करता है लेकिन वो आदमी इन्फेक्टेड होकर उसी पर अटैक करता है कुछ समय के बाद में वहां पर दूसरे इंफेक्टेड लोग भी आ जाते हैं जिन्हें देखकर जिम अपनी भागता है, है। लाइव न्यूज आ रही थी जिस पर देश के प्रेसिडेंट लोगों को यकीन दिलाते हैं कि वो उनको बचा लेंगे वो सब इस सिचुएशन को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और अचानक इंफेक्टेड जनरल आकर प्रेसिडेंट पर ही अटैक करके उनके में बॉम्ब को डाल देता है हॉस्पिटल में भी लोगों के बीच में लड़ाई होने लगी थी और सिक्योरिटी गार्ड केट के बालों को पकड़कर उसका फोन मांगता है तब केट भी उस पर अटैक करती है और इन्फेक्टेड लोग भी वहाँ पर आकर बाकी लोगों को मारने लगते हैं। केट वहाँ से दूसरी तरफ भागती है और मोलिक को वही आदमी टॉर्चर करने लगता है इधर जिम को केट के मैसेज से ये पता चलता है की वो हॉस्पिटल में है और वो उसी नंबर पर केट को कॉल करता है जिम केट को यकीन दिलाता है कि वो जल्दी उसे वहां से बचा लेगा और यहाँ पर हम जिम की बॉडी पर भी इंफेक्टेड लोगों के बिहेवियर को नोटिस करते हैं इस तरफ वो इंफेक्टेड आदमी केट को मारने के लिए उसे ढूंढ रहा था और केट उस पर फायर एक्सटिंग से स्प्रे करती है और वो उसे उससे मार मार के उसका सर फोड़ देती है तभी पास के रूम का डोर खुलता है और अंदर डॉक्टर वैंग थे उस रूम के अंदर आकर डोर को लॉक कर लेती है और केट पूरी खून से सनी हुई थी डॉक्टर वोंग उसे गन दिखाकर हैंडकफ लगाके के लेने को कहता है और मजबूरी में केट ऐसा ही करती है डॉक्टर वोंग उसके कपड़े उतारकर कर लेने को कहता है ताकि वो देख सके कि केट इन्फेक्टेड है या नहीं नहीं तो डॉक्टर वोंग केट को ही मार देगा और इसीलिए केट सारे कपड़े उतारकर कर ले लेती है डॉक्टर वोंग के मुताबिक केट वायरस से इम्यून हो सकती है और इसीलिए वो इन्फेक्टेड नहीं हुई थी डॉक्टर वोंग केट को उसका ब्लड ग्रुप पूछते हैं लेकिन वो उसे नहीं बताती है वो केट को गन दिखाकर बताते हैं कि ये गन बस उनकी सेफ्टी के लिए है और ये कमरा हॉस्पिटल के बाकी कमरों से बहुत मजबूत है और इसीलिए वो यहाँ पर सेफ है और तभी वो यहाँ पर छुपे हुए हैं। डॉक्टर वोंग केट को कुछ हॉस्पिटल के कपड़े पहनने के लिए देता है और कुछ ब्लड सैंपल उसके लेने वाले थे ताकि केट का इम्यून सिस्टम टेस्ट किया जा सके इधर जिम हॉस्पिटल तक पहुँच गया था और इधर डॉक्टर वोंग ट को बता रहे थे कि एक साल से वे लोग बाकी लोगों को समझा रहे थे कि एलवन वायरस खतरनाक बनता जा रहा है लेकिन किसी ने भी इस बात को सीरियसली नहीं लिया था और अब जाकर ये वायरस सब कुछ तबाह कर रहा है ये वायरस लोगों के ब्रेन के गुस्से वाले भाग पर इफेक्ट करता है जिससे कि लोगों का गुस्सा और बढ़ता है और इन्फेक्टेड लोग दूसरे इंसानों को मारने काटने और खाने लगते हैं इन्फेक्टेड लोगों को पता होता है कि वो गलत कर रहे हैं लेकिन फिर भी वायरस की वजह से वे सभी खुद को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं जब केट अपने कपड़े डस्टबिन में फेंकने आती है तो उसे वहाँ पर एक इन्फेक्टेड बेबी दिखाई देता है और उसी समय डॉक्टर वोंग वायरस को इंजेक्ट कर देता है और उसके हाथ पर भी हथकड़ी लगा देता है डॉक्टर वोंग देखना चाहते थे कि केट इम्यून है या नहीं और केट अगर इन्फेक्टेड नहीं होती है तो उसके खून से वैक्सीन बनाने के लिए वो केट को आर्मी के कैंप में भेज देगा और अगर वो इन्फेक्टेड हुई तो उन बेबीज की तरह उसे भी वो मार देगा डॉक्टर कोई भी बेबी उस वायरस से इम्यून नहीं हुआ था तो डॉक्टर से बचकर निकल गई थी और उसकी बॉडी इम्यून हो गई थी डॉक्टर वेंग उसे छत की तरफ ले जाते हैं क्योंकि छत पर आर्मी के हेलीकॉप्टर उनको लेने के लिए आने वाले थे लेकिन अचानक एक इंफेक्टेड आदमी डॉक्टर वैंग के पैर को काट डालता है और वो शूट करके उस इन्फेक्टेड आदमी को मार डालते हैं केट डॉक्टर वेंग को सारा देकर छत की तरफ ले जाने लगती है और इस तरह वो खुद भी इस जगह से बच सकती थी तभी वहाँ पर जिम आता है जो इस समय पूरा इन्फेक्टेड हो चुका था डॉक्टर वेंग जिम पर गोली चलाता है और केट डॉक्टर वेंग को रोकती है लेकिन वो केट को धक्का मारते हैं और केट छत के डोर की छापी डॉक्टर वैंग से लेकर भाग जाती है जिम डॉक्टर वेंग को मार डालता है मरते समय डॉक्टर वेंग स्माइल करके कहता है कि बच्चों को मारने में उसे बड़ा मजा आया केट छत की के तरफ जाने वाले डोर को लॉक कर देती है और जिम डोर के दूसरी तरफ था कैट जिम से पूछती है कि वायरस से इन्फेक्टेड होकर उसे कैसा लगा जिस पर जिम कहता है कि उसे बहुत अच्छा लग रहा है और उसका मन कर रहा है कि वो केट के सर को फोड़ उसके फेस की स्किन उखाड़ दे जिम की हालत देख कर केट बहुत ज्यादा रोती है देती है। और यही पर हो जाती है। दोस्तों ये फिल्म एलविन वायरस के ऊपर है और इस वायरस के जरिए लोगों के गुस्से को दिखाया गया है नॉर्मली इंसानों को जब गुस्सा आता है तो कुछ इंसान अपना गुस्सा निकालने के लिए अपने एनिमी को मार डालते हैं लेकिन एलविन वायरस